हम चल रहे हैं तुम चल रहे हो हम बदल रहे हैं तुम बदल रहे हो विह के मौसम क्यों चल रहे हैं तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं तुम संभल रहे हो हम संभर रहे हैं आंखों खों किझड़े फिर क्यों कह रहे हैं तो है मौसम तो है। है। तुम मौसम वीर है तो मौसम मौसम तुम मौसम फिर बदल रहे हैं हम बदल रहे हैं तुम बदल रहे हो